बात <laughs> कर <laughs> <laughs> <laughs> में चल नतीसो में चलो मसाहूर का ठेका समोसा गली पड़ी मतहुबा ठेका समोसा गली पड़ी मतहुबा वहां के समोसा हमके खाई के जरूरबा वहां के समोसा हमके खाई के जरूरबा वहां के समोसा हमके खाई के जरूरबा म्यूजिक लेके विनोद राज अरे मैं खा समोसे गली के चक्कर में मत रहा नेतापुर में एक से एक मशहूर जगह बा आवाज दे चुड़िया बड़ा माँ, पहले जहाँ ले चल तो ही, वहाँ चला रिश्ता माँगा और चाहला निवाला पुलवा, रिश्ता माँगा और चाहला निवाला पुलवा, रिश्ता माँगा और चाहला निवाला पुलवा, वहीं साला कचला पासुरा खाई बलंगल लगता हाहा बापू पर के केट पे खाई बलंगल लगता हाहा बापू पर के केट पे बिलारिया ने पानी पूरी मिले सस्ता रेट पे बिलारिया ने पानी पूरी मिले सस्ता रेट पे बिलारिया ने पानी पूरी मिले सस्ता रेट पे अरे चला तूने हल्लाओ की जल के पे उड़ी